नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल फते में लालबत्ती चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट बाइक के पटाके बजाने पर चालान किया इक्कीस हजार रुपये का चालान काटा ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज हेतराम ने कहा कि लोगों को मास्क लगाने और कोरोना नियमों का को पालन करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसी अभियान के तहत लालबत्ती चौक पर हमारी ट्रैफिक पुलिस ने एक टीम बनाई और इस दौरान पंजाब के मानसा का रहने वाला एक युवक अपने बुलेट से पटाखे बजा रहा था बुलेट का चालान इक्कीस हजार रूपए का किया गया है पलपल फतेहाबाद से राजेश की रिपोर्ट। हमें आज एक तो के बारे में लोगों का दिया है और बनते हैं। दूसरा जो पटाखे बजाते हैं, उनका चलान कर रहे हैं। इस एक बुलेट का चलान कर दिया इक्कीस हजार रुपए कहा ये बाइक पंजाब का रहने वाला है मानसा जिला बजे तक ये कार्यक्रम ये हमारा तो सुबह से शाम तक चलता रहता है हाँ मेरी चलता है थैंक यू सर